नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रो एसटोपिदास पे दिनांक 22 मार्च 2019 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा इस पर हम प्रकाश डालेंगे और क्षमा चाहते हैं जो असुविधा आपको हुई जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी कुछ गलतियां थी इस कारण जो है हम लाइव नहीं आ पाए बीच में जो है कट हो गया और आप सभी लोगों को रंगों का जो हमारा ये त्यौहार था होली इन इस पर्व की ढेर सारी परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है आगे बढ़े दर्शकों बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशि फल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया नाम नाम राशि राशि राशि राशि न चिंता चिंता तो तो हमारा शास्त्र भी भी यही कहता है कि नाम की की ही प्रधानता देनी चाहिए तो मात्र नहीं करनी चाहिए और दर्शकों तमाम जो हमारे दर्शक लोग हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस नंबर को आप डायल कर सकते हैं और सीधे हमसे संवाद आपका हो सकता है आगे बढ़ते हैं दर्शकों और आगे बढ़ने से पहले आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है आपको तो पचहत्तर उन्नीस सौ चालीस उत्तरायण चल रहा है और शिष्य ऋतु चैत मास है कृष्ण पक्ष है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष कहेंगे और तिथि रहेगी प्रतिपदा सुबह तीन बजकर चौवन मिनट तक की इसके उपरांत द्वितीय तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा हस्त इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र लग जाएगा चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे रात दस बजकर तीन मिनट तक की इसके उपरांत तुला राशि में जाएंगे और आ, हम आपको बताना चाहेंगे जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होगा सूर्योदय लखनऊ को चूंकि मानक मान करके पंचांग बनाया गया है तो सूर्योदय होगा सुबह छह बजकर सत्ताईस मिनट पर सूर्यास्त होगा छह बजकर उनतीस मिनट पर शाम को और दर्शकों जो हमारा दहो का गोचर है क्या कह रहा है कौन कौन से ग्रह इस समय किस राशि राशि में संचरण कर रहे हैं इस पर भी एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं तो सूर्य मीन राशि में चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे कन्या के बाद मंगल वृषभ राशि में बुद्ध कुंभ राशि में अस्त हो गया है और बकरी भी है गुरु वृश्चिक राशि में है और इस समय ये उदित है शुक्र कुंभ राशि में है उदित है धनु राशि में है, उदित है। राहु राशी, मिथुन राशि में केतु धनु राशि में है और आज का जो दर्शकों देखिए राहु काल भी बताएंगे अभिजीत मुहूर्त भी बताएंगे तमाम चीजें आपको बताएंगे राहु काल का समय रहेगा सुबह दस मिनट से बारह मिनट तक की और आज जो दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए शुक्रवार का दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत आवश्यक हो तो आप दही में मित्री डाल करके तब यात्रा कर सकते हैं जिनको भी आज हवन करना है कर सकते हैं क्योंकि अग्निवास आज पृथ्वी पर ही रहेगा अभिजीत मुहूर्त रहेगा बारह से लेकर के बारह तक की और दर्शकों बताना चाहेंगे कि जो भी दर्शक 20 और 21 तारीख को हमसे मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन में मिलना चाहते हैं आप लोग मिल सकते हैं शुभ यात्रा की दिशा हम बता देते हैं तो आज दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ रहेगी आप लोग दही का प्रयोग कर सकते हैं छाछ का प्रयोग कर सकते हैं राई का सेवन कर सकते हैं लस्सी पी सकते हैं तमाम चीजें देखिए दर्शकों रहती है इन आप सेवन करके निकल सकते हैं और उसमें आपको फिर जो है क्या कहते हैं कि दिशा सूल नहीं लगेगा चलिए दर्शकों ये तो था हमारा और हाँ एक और हमने द्वितीय तिथि को कल भी आपको बताया था कि कटेरी का फल नहीं खाना चाहिए और जो तृतीय तिथि होती है तृतीया तिथि को नमक भी नहीं खाना चाहिए और नमक का दान भी नहीं खाना चाहिए अर्थात नमक का दान करना नमक का भच्छा करना इन दोनों की मनाही इन दोनों को त्याग जो बताया गया है चलिए अब राशिफल पर आ जाते हैं अधिक समय ना लेते हुए तमाम लोग दर्शक हमारे जुड़ गएगा हम सबसे पहले जो हमारी राशि तो के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन इस पर आज हम हार डाल लेते हैं तो आज का दिन आपको शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा मध्यान्ह तक किसी कार्य अथवा निर्णय लेने से पहले भविष्य में मिलने वाले परिणाम को देख कर ही कार्य करेंगे तब सफलता की संभावना बढ़ेगी इसके साथ साथ आज यात्रा आपके लिए लाभदायी रहेगी परिश्रम जो करेंगे आपके फलीभूत होंगे धन लाभ होगा लेकिन व्यय भी आज अधिक रहेगा आकस्मिक यात्राओं के कारण आज व्यवसाय और व्यापार में कुछ दिक्कत आएगी अधिनों के सहयोग से काम चलता रहेगा अधिकारी वर्ग आज आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे सिद्धि के योग है है अति आत्म अति से बचिएगा भावनाओं में बहकर सामर्थ्य से अधिक खर्च करेंगे तो बाद में आपको पछताना न पड़े इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा तो मेत राशि के जाता आज करना क्या है देखिए भगवान भोलेनाथ पर आप दही चढ़ाइए शिवलिंग पर और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप करिए कर कैसा रहेगा आज वालों के लिए दिन। आप लोगों की उम्मीद करते हैं होली बहुत अच्छी गई होगी और कमेंट करके एक बार आप लोग बताइए और आप सभी के भीतर परमात्मा जो है उनको एक बार हमारा नमन है और आप सभी के माता पिता को हमारा जो है चरण स्पर्श है चलिए दर्शकों एक फोन कॉल जो है ले लेते हैं जगीर तो सिंह तो तो तो जी, जी और डेट ऑफ बर्थ है ग्यारह जनवरी उन्नीस तो सौ नब्बे तो जी टाइम है सुबह के सात बजकर दस मिनट के करीब सवा सात जी, जी। बताइए कार्य क्षेत्र जी।, जी सर अ, मेरी मैच में विदेश में जाता हूँ इंजीनियर यूरोप में हूँ तो मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है मेरे काम वालों पर मेरे पास में काम करता था मेरा कॉन्ट्रेक्ट चल रहा था तो उसका चेंज चल रहा है जी उसके बारे में पूछना था यार केस में तो अभी हमको बहुत ज्यादा जो है वो लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं आएगा ये 26 का है उसका जो अभी काफी एक साल से चल रहा है है वो लेकिन 26 का उसका फाइनल है। ये जो आने वाली पांच दिन बाद है जी जी, जी। भाई साहब मुश्किल है एक काम आप ये करिए कि फोन कट जब हो जाएगा आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा एक हम आपको मंत्र भेजेंगे उस मंत्र की 108 माला आप जपिए प्रतिदिन प्रतिदिन जपिए और जल में एक हल्दी डालकर के डेली स्नान करिए ईश्वर चाहेंगे तो सफलता मिलेगी आपको कितने लगता है कि भाई साहब बड़ा मुश्किल तो है तो तो हुआ है चलिए प्रयास करते हैं हमारा काम है देखिए ईश्वरीय सत्ता में आपको भेज देना ईश्वर से आप अनुनय करेंगे तभी कुछ होगा हमसे करने से कुछ नहीं होता है जी। तो जो भी प्लेनेट आपके जो है अवरोध कर रहे हैं उनका हम आपको निदान बता देंगे ठीक है और ईश्वर चाहेंगे तो 100 परसेंट आपको सफलता मिलेगी बताइए शादी योग तो सर एक ही क्वेश्चन बता सकते हैं और एक से अधिक हम सर कोई क्वेश्चन okay. तो नहीं, नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बैठना है और मेहनत करने में आज कसर न छोड़िएगा बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद जगेगी व्यवसायी वर्ग को अतिरिक्त आय होने की प्रबल संभावना है किसी निकष्ट के साथ आज आपका जो है संबंध बनेगा और उनके वजह से आपका भाग्योदय होगा नौकरी पेशा जातकों को परिश्रम का आज आप लोगों को उचित लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है उच्च अधिकारी आपके ऊपर विश्वास करेंगे आपसे प्रसन्न रहेंगे संध्या बाद शाम के समय आपको कुछ सम्मान मिलेगा उपहार मिलेगा जीवन साथी के साथ घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं मित्रों के साथ भी रमणी स्थल पर घूमने का आज आपको अवसर मिलेगा आज आपका धन अधिक खर्च होगा फिजूलखर्ची से आज आपको बचना रहेगा करना क्या रहेगा तो आज आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना रहेगा और हो सके तो मस्तक पर कैसा का तिलक प्रतिदिन लग, लगाना वृषभ राशि के जात को स्टार्ट कर दीजिए बढ़ते हमारी अगली राशि मिथुन राशि तो बीते दिनों की तुलना में आज का दिन कुछ राहत देने वाला है स्वभाव में थोड़ी गर्मी और थोड़ी नरमी बनी रहेगी आज आपसे लोग बात करने से कतराएंगे सेहत के दृष्टिकोण से भी आज का दिन कुछ खास नहीं है बहुत अच्छा नहीं है बीमारियों से आज, आज आपको निजात मिलेगी लेकिन के बाद जहाँ से उम्मीद नहीं होगी वहां से आपको आकस्मिक लाभ होगा महिला मित्र से संबंध प्रगाड़ होंगे फिर भी मर्यादा बनाए रखें संध्या के बाद के समय रिश्तेदारी अथवा पारिवारिक मांगलिक आयोजन में व्यस्त रहेंगे वाहन चलाने में सावधानी बरत बरतना है है आपको आपको चोट चपेट लगने का भय तो के के तौर पर करना क्या रहेगा तो बरगद में में आज आपको गंगा जल में दूध मिक्स करके तब चढ़ाना है एक फोन कॉल ले लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं कर्क राशि के ऊपर हेलो हलो हाँ जी प्रणाम भी प्रणाम आपको होली का हार्दिक आपको, आपको को आपको भी और आपके माता आपके माता-पिता को को पूरे परिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए हमें आप आज अपनी दिखानी है फिर? पहले दिखा चुके हैं और बहुत ही खुशी के साथ आपको तो बताना चाहते है की आपसे हमने जो भी मतलब उपाय तो बताए थे जी और हमारा का रिजल्ट था जी जी अभी हाल में जो आया है है जी की पोस्ट पे हमारा हो चुका है। कौन सी पोस्ट पे टीजों। अच्छा टीजों। ट्रे, ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट पे चलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो और एच ओबी आशीष हस्बैंड और हम आपसे स्वागत है आपका हमारे द्वार हमेशा खुले है आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है आप सभी हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई हो और हम चाहते हैं कि आप यही मत रुकी आप आगे एच वगैरह बनिए आप आगे यूपीएससी वगैरह जो है क्रैक करिए तो ठीक है जी हमको लगता है कि आपने लाइव राशिफल में ही फिर कॉल किया होगा जी जी जी अच्छा उपाय चलिए उपाय जो हम बताते हैं इन उपायों से आपको कितना लाभ होता है सच बताइएगा देखिए था तो हाँ हाँ, भले हो लेकिन देखिये अगर आप हमसे न भी बात करती कहीं और भी जाती ईश्वर के कारण और आपकी मेहनत के कारण हुआ इसमें एस्ट्रोलॉजी का बस बहुत थोड़ा सा रोल है जैसे उत्पेर वर्धक होते हैं की कि कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में का तो तो तो ले तो हाँ दर्शक अभी एक सुरुचि मिश्रा का जो है उनका लेक्चरार में हुआ है तो वो भी फोन की थी की भैया जो है हो गया है हमारा तो, तो हमने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी हमने कहा आपकी मेहनत से हुआ है तो मानने को तैयार ही नहीं थी बोली कि हमने इतने सारे जो है पेपर दिए हैं तब नहीं हो रहा था लेकिन आपसे के तो खैर ये जो है कह सकती हैं ठीक है, है ने ने आप आइए आप आइए क्योंकि लाइव राशिफल चल रहा है और ने कई ने लोगों की कॉल लेनी है ओके जी पुनः आपको एक बार बधाई और होली की हार्दिक शुभकामना नमस्ते जी तो चलिए कर्क राशि की कर की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन दिन कुछ मिला जुला फल प्रदान करने वाला रहेगा के के आरंभ में कई लाभ अवसर आएंगे परंतु अनिर्णय स्थिति के कारण आज आप इनका लाभ नहीं ले पाएंगे नौकरी अथवा स्थान परिवर्तन के योग जबरदस्त बन रहे हैं आज कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा महिला वर्ग विशेष विशेषकर स्थिति को भाग ही कुछ बेचुकी बातें आज कर सकती हैं नौकरी पेशा को आज भाग्य में कुछ कमी अनुभव होगी लापरवाही में काम करने से उच्चाधिकारियों के कुक का भंजन बनना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को विष्णु भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाना है या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है और सुगंधित इत्र का या सुगंधित धुबत्ती का आप लोगों को दान करना है सिंह राशि पर आगे बढ़े उससे पहले चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं मिश्रा जी अमेठी से हैं राम राम शुभम जी और नीता पाल जी हैं गीतांजलि जी हैं सुषमा वर्मा जी हैं रघुवीर सिंह जी हैं और वंदना भारद्वाज जी हैं हर्ष पटेल जी हैं सुनील कोहली जी हैं राम राम जी कालडी जी हैं और महाचंदन पंडित जी रात्रि को माथे पर चंदन लगाने का क्या फल मिलता है इसको हम आपको बाद में बताएंगे तमाम फल मिलते हैं राहु का जो प्रकोप होता है ये कुछ हद तक की शांत होता है तो सिंह राशि की ओर चलते हैं आज का दिन आपके लिए मित्रित फलदाई रहेगा दिन के में स्वभाव में जल्दबाजी रहने से कोई गलती होने की संभावना Uh, हो सकती है धैर्य से काम लीजिएगा अन्यथा बाद में आज आप अपनी गलती का गुस्सा किसी और पर उतारते हुए नजर आएंगे कार्य क्षेत्र पर जिस कार्य में अधिक परिश्रम करेंगे समय कुछ मानसिक अशांति लेकर के आया है आपको पास पड़ोसी अथवा स्वजनों से अहम को लेकर के टकराव की स्थिति बन सकती है कार्यस्थल पर उधारी वाले परेशान करेंगे बुजुर्गो का आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज गाय को कोई बताशी खिला सकते हैं मिश्री खिला सकते हैं रोटी में मिश्री डाल के आप खिला सकते हैं कन्या राशि की ओर आगे बढ़े उससे पहले देखिए तमाम फोन कॉल आप लोगों के आ रहे हैं और फोन कॉल एक ले लेते हैं हलो हलो हेलो थोड़ा सा लाउड बोलिए जी हेलो हाँ जी खाना नहीं खाए हैं क्या ये बताइए तो थोड़ा सा बोलिए ना आवाज से लगे कि आप भाई चौहान जी हैं ना हाँ हाँ तो पृथ्वीराज के वंश के हैं और आवाज आपकी इतनी दबी हुई है थोड़ा सा बोलिए। तो जी जी चौहान बोलना आज हम डेट टाइम तो हम आपके बारे में क्या बताएं? आपको अगर अपने बारे में जानना है तो आकर के हमसे मिल लीजिए हम सब कुछ बता देंगे अभी जो आपके मार्ग में परेशानी चल रही वो बताइए क्योंकि हम बताने लगेंगे तो घंटे दो घंटे लग जाएंगे तो वाहन सुख ऑलरेडी हाँ। आपके पास वाहन है गलत कह रहे हो तो बताइए अच्छा फोर आपके भाग्य में है और 200 परसेंट है उत्तम मकान ही सुख का और वाहन सुख दोनों है आपकी कुंडली में आ? जी बीस और इक्कीस अप्रैल को इंदौर में आ रहे हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट देखिए बुक करा लीजिएगा पत्नी से कुछ परेशान रहते हैं आप हाँ तो आइएगा इंदौर में हम फिर बताएंगे देखिए तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए क्योंकि ऑलरेडी लगभग लग जो जो है है सीटें फुल हो गई हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दूसरा नंबर उस पर बात करके आप ले लीजिएगा ओके जी तो कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और एक फोन कॉल और आ रहा है किसी का हलो हलो हलो हेलो हाँ जी हाँ प्रणाम कौन पांडे बोल रहे हैं हाँ जी बताइए स्नेहा जी कह रहे हैं बेटी है तो जी जी उसका जन्म 11 दिसंबर 2017 में सोमवार दिन गे कुंडली प्लीज अभी अभी जो जरूरतमंद लोग है उनको जो है समय देने दीजिए अच्छा। तो कन्या राशि की ओर बढ़ते कन्या राशि के जात को आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा व्यवसायिक क्षेत्र पर आज विभिन्न क्षेत्रों से लाभ के अवसर मिलेंगे आज आपकी लापरवाही के कारण कुछ चांसेस आपके हाथ से निकल जाएंगे सामाजिक व्यवहारों के के लिए दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा और नौकरी पेशा जातकों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा उचित लाभ मिलेगा लेकिन इंतजार के बाद ही आज ऑफिस में किसी से नोकझोंक होती हुई नजर आएगी दांपत्य जीवन का सुख भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं और आज आपके पॉकेट से पैसे अधिक खर्च होंगे मानसिक तनाव को छोड़ कर आज आप खुश रह सकते हैं सेहत आपकी अच्छी रह सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को कन्या राशि के जातकों देखिए आज आप लोग गाय को केला खिलाइए सबसे पहली चीज दूसरी बात आज आप लोग लो हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा करके तब निकलिए तुला राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आरंभ का जो दो बजे तक का समय है ये बहुत उतार चढ़ाव भर, भरा रहेगा इसमें सेहत आपकी बहुत ज्यादा खराब रहेगी रुके हुए काम पूर्ण करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन दोपहर बाद से ही आप यकीन मानिए कि अचानक से समझिए कि फिफ्थ गियर लगेगा और टॉप स्पीड में आप आगे भगेंगे शाम तक की चीजें आपके अनुकूल आएंगी धनलाभ होता हुआ दिख रहेगा और मन आपका बड़ा चंचल रहेगा धन का निवेश आज भूलकर भी ना करें। लंबी यात्राओं से बचिएगा हो सकती है। स्वभाव में कुछ आपको स्वभाव में आज कुछ आपके दिक्कत आ सकती है लोग बड़े ही ज्यादा अपोजिट रह सकते हैं उलझनों से स्वयं को दूर रखकर आशांति से समय बिताइए, दिन ठीक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला तुला राशि राशि के के जातकों जातकों को तो तुला के पर आपको जाना है और एक सूखा नारियल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय की एक माला जपिए और चले आइए एक फोन कॉल ले लेते हैं क्योंकि बीच में जो है हमने कुंडली नहीं देखी थी हेलो जी हाँ जी राम राम रामो मेरा नाम अमित है जी एक बार कुछ दिखवाई थी आपका जो बोला था आपने नीलम के लिए नीला और पन्ना दोनों धारण किया हुआ है जी जी कुछ लाख का कितने तो, दिन हुआ धारण किए मुझे पंद्रह बीस दिन, दिन हो गया अच्छा नीलम पन्ना एक खास धारण किया है ना जी जी तो बढ़िया हो रहा है मतलब लाख तो पहले जैसा काम थे तो शुरू हो रहा है धीरे धीरे जी जी चलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए उतना लाभ लाभ कि मतलब क्या उपाय किया जाए जाए कि थोड़ा और हो जैसे काम चल रहा हमने आपको उपाय ऑलरेडी बताया था ना आप मिलने आए थे हमने सब कुछ आपको लिख के दिया था तो आप फिलहाल तो वही उपाय करिए और देखिए तुरंत ज्योतिष में कुछ नहीं होता है आपने भी कहा कि थोड़ा बहुत लाभ होना शुरू हुआ है था, पहले कितना जो था, देरे देरे हाँ तो अब तो कवर करने में टाइम लगेगा ना आप आप किसी के पास गए वो आपका दुनिया का कोई आपका भाग्य नहीं बदलेगा ये जो लाभ धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ है यही आगे जा करके पूर्ण होगा ठीक है जी अमित जी? जी, जी और हमने आपको तमाम उपाय बताए थे हमें जहाँ तक याद आ रहा है सुर को अर्घ देने का हमने उपाय बताया था और शायद आप बॉलीवुड से ही जुड़े हुए हैं हाँ, मैं कास्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर ओके okay, जी तो जी, तो जी, के लिए है मेरे का। जी जी जी तो थोड़ा सा आपका वक्त खराब चल रहा था हालांकि जेम जो है उनको थोड़ा सा समय दीजिए छह महीने एक साल का आप समय दीजिए फिर भी धीरे धीरे परिवर्तन दिखेगा ऑलरेडी आपको पंद्रह दिन में कुछ ना कुछ तो जो है मतलब अच्छी न्यूज आपको मिली होगी हाँ, दिन में काम तो आ दो आ आ ऑफर भी गए रहे धीरे धीरे नहीं तो अब यही तो हो सकता तो है ना, ना अब बिल्कुल से अगर हम आपका भाग्य बदलते तो हम इस सीट पे क्यों बैठे होते ये बताइए हम भी आज कहीं जो है करोड़पति और पति बने बैठे होते नहीं, नहीं। जो बताया उससे लाभ तो हो रहा है बट अब धीरे धीरे चलिए ठीक है हम देख लेंगे फिर किसी दिन आइएगा मिल लीजिएगा ठीक है जी वृश्चिक राशि के जातको आज का दिन आधा भाग आपके लिए विपरीत फलदायक रहेगा मन में दुविधा लेने से निर्णय लेने की क्षमता आज आपकी नगड़ रहेगी न्यून रहेगी जिस कार्य को आज करने का प्रयास करेंगे उसमें विलंब होगा आरंभ होने के बाद सफलता संदिग्ध रहने के कारण उत्साह से काम नहीं बन पाएंगे कार्य क्षेत्र घर में किसी न किसी बात पर तकरार की स्थिति बनेगी कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर ले किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले अनुभवियों की सलाह लेना हित रहेगा भावनाओं में बहकर अनुचित कार्य करने से आपको बचना रहेगा आप आज आध्यात्मिक का सहारा ले सकते हैं और जीवन साथी के साथ संबंध आपको महत्वपूर्ण जो है रहेगा। करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर तो वृश्चिक राशि के जो जातक रहेंगे रुद्राष्टक का आप लोगों को पाठ करना है रुद्राष्टक का पाठ क्या है नमामि निर्वाण रूपम तो रुद्राष्टक का आज आप लोग पाठ करिए और पीपल के वृक्ष पर सफ़ेद चंदन से आप लोगों को श्रींग लिखना है लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ये आप लोगों को लिखना रहेगा धनु राशि की ओर पढ़ते हैं कैसा रहेगा है धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन मिला जुला फल देगा दिन के आरंभ से मध्यान्हन तक स्वभाव को नरम रखिए अन्यथा पूर्व में बनाए व्यवहार खराब हो सकते हैं मध्याहन तक सार्वजनिक व्यवहारों से लाभ के अवसर मिलेंगे संतोष नहीं होगा दोपहर बाद आज अपना आलसी प्रवृत्ति के कारण किसी महत्वपूर्ण कार्य का अनुबंध अपने हाथ से खो सकते हैं शारीरिक और मानसिक विकारों के कारण कुछ बेचैनी होगी किसी मित्र का सहयोग मिलने से लाभ होगा भविष्य के लिए आज निवेश करने से बचिए और आज उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय देखिए यही रहेगा कि आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना रहेगा और लक्ष्मी जी के बीच मंत्र श्री मंत्र का आपको उच्चारण करना रहेगा बढ़ते हैं हमारी जो अगली राशि आती है मकर राशि की ओर बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं हलोते सर जी राम राम आवाज हाँ। जानी पहचानी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है हाँ जी, हाँ जी सर इंद्रजीत जी जी जी, जी। चंडीगढ़ जी, जी नेशनल हॉकी प्लेयर जी जी, जी सर बताइए क्या आदेश है एक जी उसका है चार आठ उन्नीस सौ छियासी सर कुछ लाभ हुआ था हमारे उपायों से सच सच बताइएगा अगर नहीं भी हुआ होगा तब भी आप एक्सेप्ट करिए नहीं सर जो आपने बोला था ना वो तो तो आपने बोला था वे नहीं बनेगा नहीं तो बना था था। मैं नहीं हो गया, वो गया ना आपने बोला था वे नहीं बनेगा लेकिन उपाय भी तो बताए थे कि कैसे बने हाँ, हाँ, जो आपने पढ़ने के लिए टाइम बताइए कर अभी जी थादे, थादे था थी है। जी तो सर उनके बात थी थी। ये ये ये रिश्ता नहीं बड़ा लड़का एल्कोहल भी लेता है क्या ये बताइए नहीं हम्म और रिश्ता सर अभी नहीं आएगा रिश्ता इसका आएगा आपका जो है सितंबर के बाद से सितंबर के बाद जी सर अच्छा अभी बढ़िया रिश्ता नहीं अभी कुछ नहीं नहीं इनका किसी से मतलब किसी के साथ इनका जरूर जो है संपर्क होना चाहिए बात करिएगा पूछिएगा इनसे और इंद्रजीत जी आपको फिर बधाई आप गए खेलने जी जी, जो जो पहने थे थे ना आपके नहीं मैंने वो आपका एक से पूछा था जी को, कोई कोई कोई बोल रहा है ही नहीं जैसे ने क्या बात जी की सर तो आपने बोला था ना वो जो जी जी वो जरूर जी जी चलिए अच्छा धन लाभ के लिए वो बढ़िया उपाय है ठीक है इंद्रजी जी जी, जी आज बहुत ढेर सारी खुशखबरी हमको मिल रही चारों तरफ से अच्छा है। जी तो तमाम दर्शक लोग जब फोन करते हैं और बताते हैं तो यकीन मानिए बड़ा आत्मसंतोष होता है और भगवान विष्णु को धन्यवाद देते हाथ जोड़ के कि प्रभु मेरी लाज बचो रे तो ये लाज उन्हीं के हाथ में है वही बचाएंगे और एक बार पुनः आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई चलिए मकर राशि पर चलते हैं तो आज का दिन आपके लिए विषम फलदाई रहेगा मध्याह्न तक का जो समय रहेगा कुछ लोग कहते हैं भैया आप मैसेज नहीं पढ़ रहे हो चलिए जो है रोहन देहरादून आशीष जी हिमाचल में किस जगह पधार रह रहे रोहन जी आप जहाँ बुलाएंगे वहां आ जाएंगे शिल्पा शर्मा जी भैया आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर फी सबमिट कितनी करनी है शिल्पा जी व्हाट्सएप के हम कोई मैसेज नहीं देखते हैं हमारे ऑफिस के लोग देखते हैं और इस समय छुट्टी चल रही है तो आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं बिक्की सैनी जी गुरु जी मना तो आपको कॉल करना बंद कर दिया है अरे भाई बिक्की जी आप अपना नंबर यहाँ पर कमेंट करिए हम आपका कॉल जरूर उठाते हैं आप कॉल जरूर करिए और मेहनत करिए करीग, कोशिश करिएगा कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन केतु तीर तीर्थ रेगिस्तान से जल निकलेगा और आर्यन जैन जी हैं और पंकज ओझा जी हैं तमाम दर्शक हैं चलिए राशिफल पर जल्दी जल्दी चलते हैं तो विपरीत परिस्थितियों वाला आज का दिन आप लोगों के लिए रहेगा मध्याह्न बात परिस्थिति में में। परेशान रहेंगे छोटी मोटी यात्राओं परिवारिक वातावरण अशांत रहेगा बीमारी पर खर्च होगा करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो मकर राशि के जातकों आज आप लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाना रहेगा और जल में हो सके तो एक चुटकी आप लोग हल्दी डालकर के तब चढ़ाइए चलिए बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि कैसा रहेगा तो आज का दिन मिश्रित फलदाई रहेगा प्रातः काल से ही किसी न किसी पारिवारिक अथवा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने से कार्यक्षेत्र पर कम योगदान दे पाएंगे नौकरी पेशा जातकों को आज परिश्रम का उचित फल प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और मध्यान बाद मित्र परिचितों के साथ आप घूमने जा सकते हैं और व्यर्थ का धन आज अधिक खर्च होगा कुंभ राशि के जातकों आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज नमक का सेवन मत करिएगा और पका हुआ भोजन किसी महिला को जरूर खिलाइएगा मीन राशि की ओर बढ़ते हमारी अंतिम राशि आती है तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा और आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा पूर्व में किए गए परिश्रम का फल अथवा निवेश आपको आज मिलता हुआ नजर आएगा और आज जीवन साथी के साथ देखिए यात्राओं का योग बन रहा है और लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं इसके साथ साथ अनावश्यक वजह आज मन आपका बड़ा आसान रहेगा आज व्यवसाय में अतिरिक्त आय होने से आय के मार्ग तो बनेंगे लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा रहेंगे सरकारी कार्यों में आज विलंब होगा इसलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें सगे संबंधियों के मांगलिक आयोजनों में सम्मिलित होंगे दिखावे की मानसिकता से बचिए बाद में परेशानी रहेगी सेहत आज अधिक कुछ थकान जो है रहेगी और थकान होने के बाद आप लोग जो है मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं अपना जो है मालिश वगैरह ले सकते हैं तो अपने शरीर का आज आपको बेहद ध्यान देना नसों में कुछ आज अकड़न रहेगी और ज्वाइंट पेन से रिलेटेड दर्द रहेगा करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो आज आप लोगों को लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा लक्ष्मी जी की आराधना करनी रहेगी लक्ष्मी चालीसा का आप लोग पाठ कर सकते हैं मस्तक पर आज कच्चा दूध लगा करके तिलक लगाइए तो ये तो था हमारा राशिफल और दिनांक 20 और 21 तारीख को इंदौर में जो है मिलेंगे आप लोग अगर वहाँ से हैं तो मिल सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और तमाम एक बार पुनः वो सभी दर्शक जो लोग सफल हो रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आधार और ये कुछ कमेंट देखिए आ रहे हैं कोई एम कर का आपका ये फ्री फ़ोन कॉल नहीं फॉर आप किसी का समय खराब ना करें तो एम देखिए आपको अगर नहीं देखना है तो प्लीज़ आप जा सकते हैं कोई वो नहीं है मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ पर आप उठा नहीं रहे हैं देखिए है, एक निश्चित कॉल उठाते हैं चार से पांच फ़ोन बहुत होता है लेकिन हम छः सात फ़ोन उठा लेते हैं और भैया आपके उपाय से मुझे सक्सेस मिल रही है लेकिन आपसे एडवाइस लेनी है शिल्पा जी बिल्कुल हम आपको एडवाइस देंगे जो प्रोसेस होगा आपको हमारे ऑफिस के लोग संपर्क कर लेंगे विक्की जी और एम कोई हैं और ये कहते हैं कि ये कोई फ्रॉड है आप फ्रॉड कर रहे हैं तो देखिए एम जी आप स्वतंत्र हैं आप जा सकते हैं नहीं देख सकते हैं लेकिन हमारा जो ये परिवार है जो लोग बने हुए हैं वो लोग देख सकते हैं कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार शुभरात्रि